दोस्तों आज मैं एक ऐसी ऐसी कहानी कहानी शेयर करने जा रही जो जो आपको मोटिवेट तो करेगी, साथ साथ एजुकेशन देगी, देगी। कहीं कहीं आपकी सोच को बदल आपके गोल को अचीव करने में आपके लिए प्रेरणा स्रोत बनेगी तो आइए जाते हैं ऐसी कहानी, जिसका शीर्षक है मेंढकों की टोली एक मेंढकों की टोली जंगल के रास्ते से जा रही थी अचानक दो मेंढक एक गहरे गड्ढे में गिर गए जब दूसरे मेंढकों ने देखा कि गड्ढा बहुत गहरा है तो ऊपर खड़े सभी मेंढक चिल्लाने लगे तुम दोनों इस गड्ढे से नहीं निकल सकते गड्ढा बहुत गहरा है तुम दोनों इसमें से निकलने की उम्मीद छोड़ दो उन दोनों मेढकों ने शायद ऊपर खड़े मेढकों की बात नहीं सुनी और गड्ढे से निकलने के लिए लगातार वो उछलते रहे बाहर खड़े लगातार कहते रहे, रहे तुम दोनों बेकार में मेहनत कर हो तुम्हें हार मान लेनी चाहिए तुम दोनों को हार मान लेनी चाहिए तुम नहीं निकल सकते गड्ढे में गिरे दोनों मेढकों में से एक मेढक ने ऊपर खड़े मेढकों की बात सुन ली और उछलना छोड़कर वो वो वो एक कोने में बैठ गए। दूसरे ने प्रयास जारी रखा। उछलता रहा, जितना उछल सकता था। बाहर खड़े सभी छोड़ कर रहे थे कि तुम्हें हार मान लेनी चाहिए पर वो मेंढक शायद उनकी बात नहीं सुन पा रहा था और उछलता रहा और काफी कोशिशों के बाद वो बाहर आ गया दूसरे मेंढकों ने कहा क्या तुमने हमारी बात नहीं सुनी इस बेटक ने इशारा करके बताया कि वो उनकी बात नहीं सुन सकता क्योंकि वो बेहरा है सुन नहीं सकता। इसलिए वो किसी की भी बात नहीं सुन पाया वो तो यह सोच रहा था कि सभी उसका उत्साह बढ़ा रहे हैं। तो बच्चों ये कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि नंबर वन जब भी हम बोलते हैं उनका प्रभाव लोगों पर पड़ता है इसलिए हमेशा सकारात्मक बोलें। नंबर लोग चाहे जो भी करें, आप अपने आप पर पूरा विश्वास रखें और सकारात्मक सोचें। और नंबर तीन कड़ी मेहनत अपने ऊपर विश्वास और सकारात्मक सोच से ही हमें सफलता मिलती है